क्यों दोस्त कुछ तो चल रहा है मन में चल नहीं घूम रहा है कल जब श्री राम ने उस राक्षस की चांद को बख्शा उसका कारण भैया राम का नजरिया हम सबसे अलग है तुम तो उनके भाई हो, तुम अलग कैसे? जैसे चांद और सूरज एक ही आकाश पर रहकर एक जैसे नहीं बहुत मानते हो तुम तो उन्हें मानता इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा से जानता हूँ उन्हें जब से आख खुली है तो बस भैया राम तुमने पूछा था हनुमान कि हम दोनों भाई होकर एक सामान क्यों नहीं क्योंकि लक्ष्मणों से भरी दुनिया में राम एक ही हो सकते हैं। मेरे मन में जो बात घूम रही थी अब जाकर बैठी है। धन्यवाद दोस्त। ऐसा रूखा धन्यवाद नहीं चलेगा गदा घुमाने का मौका हमें भी दो थोड़ी तो जलन हो मेरे धनुष को